क्या आप जानते हैं जुगनू रात को क्यों चमकते हैं जुगनू रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस युक्त ल्यूसी नामक प्रोटीन पाया जाता है जो एक प्रकार के विशिष्ट एंजाइम से क्रिया करने पर उजाला उत्पन्न करता है इसकी खोज रॉबर्ट बायल ने किया था